he ramate jala ghara ghai kare jala he ramate ranu mahay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 हो रे चरन रज महान रे महान से की तुम सब रे तोरा तोरा रे ना रे हो महान से जब तक ने बार रे नहीं बार जाए रे महान रे आन महान बिको सब रे sat sat sat sat mara mara ke ham bol gade gane re mujhe besan na